ट पास कर नरवाए नरवाए की यार कही थी नरवाए लागि लाच नरवाए बेटाओं के हेलो तो चल गया है नरवाए नरवाए नरवाए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 रांग नावा ले आई छे आई जा गाडो साहे करा अरे आ आ ये मटा रे भाई रे ना कर रे दो से रा ये कटा ले ले जाए कटा दे